दाई का जिया नहीं जाए पिया नहीं जाए रामा जिया नहीं जाए सारी सारी रात जागूं मैं तो तेरे प्यार में उम्र में गुजार दूंगी तेरे इंतजार में आँखों में नींद है ना, दिल भी करार है, होगा किसी दिन मिलना मुझको एतवार है होगा किसी दिन मिलना मुझको एतवार है आंसू जुदाई का पिया नहीं जाए जाए जाए हो रामा या नहीं जाए। आजा, एक आजा देख कैसा हाल है सांस चल रही है सांस रही लेकिन जिंदगी मुहाल है माही मैं आज सारे रस्मों को तोड़ दू आए जो आए दुनिया को छोड़ दू आए जुमोत आए दुनिया को छोड़ दू आसू जुदाई का जिया नहीं जाए, नहीं जाए जिया नहीं जाए हो रामा जिया नहीं जा aho